पराचिया जनपद से आवास योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है जहां सरपंच ने हितग्राहियों की आवास योजना की किस्त अपने खाते में डलवा ली और जब इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो सरपंच समेत पंचायत सचिव ने भी इस मामले से पल्ला झाड़ लिया वहीं हितग्राहियों की शिकायत के बाद जांच कमेटी का गठन किया गया है सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़े की बात तो अब आम ही हो गई है वहीं सभी देशवासियों के सिर पर छत हो इस मंशा के साथ भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है लेकिन इस योजना में लगातार फर्जीवाड़े के मामले भी सामने आ रहे हैं मामला ग्राम पंचायत जमुनिया पठार का है जहां जंगल सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन दिया था जिसका वर्ष दो हजार की सूची में नाम आया था मंगल सिंह के खाते में पहले किस्त पच्चीस रुपए की राशि डाली गयी थी जिससे मंगल सिंह ने मकान की नींव भरी इसके बाद जियोटेक के माध्यम से दूसरी व तीसरी 45 पैतालीस हजार की राशि किस सरपंच के खाते में फर्जी तरीके से डाल दी गई। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो पंचायत सचिव से इस बारे में बात की गई। तो सचिव ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मैं अभी ट्रांसफर होकर आया हूं मेरे कार्यकाल के समय में यह सब नहीं हुआ है जिसके बाद मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों ऐसी की गयी और सीईओ रविकांत उइके ने टीम गठित कर जाँच के निर्देश दिए है जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जनपद पे उस पर आप क्या कहेंगे नहीं, उसमें भ्रष्टाचार आरोप को तो ऐसे नहीं है लेकिन उसमें त्रुटि या जान बुसब्दी में त्रुटि जरूर प्रथम दशा परिवर्तित हो रही है जिसमें अकाउंट किसी और व्यक्ति का फिट किया गया और उसके पश्चात में जियो टेप भी कर दिया गया जिसके आधार पर उनको इस पर रिलीज हो गई जबकि हित्राही द्वारा आवास उसी स्तर पर कराया ही नहीं जाता क्योंकि प्रथम दृष्टिया ऐसा लगता है कि त्रुटी जांच है इसलिए संपूर्ण ग्राम पंचायत की और इस प्रकरण विशेष की एक विस्तृत जाँच करने की आवश्यकता को तो देखते हुए जनपद स्तरीय दल के माध्यम से एक विस्तृत जाँच करवाई जा रही है और शीघ्र ही इसके परिणाम भी परिलक्षित परेड़ां होंगे तो और इसमें जो भी जियो करने वाले कर्मचारी हैं अथवाने वाले कर्मचारी है तो आगे तो आगे तो आगे तो